नमस्कार आप सभी को आज के श्रेणों में हम देखेंगे एक और नई वैकेंसी जो कि आपकी लाइब्रेरी साइंस फील्ड की है एज़ यू नो कि इस चैनल पर आपको लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसीज देखने को मिलती है और कोशिश की जाती है कि डेली बेसिस पर आपको वीडियो मिले एक ही वीडियो में हम अलग अलग जगह की जो वैकेंसी है कवर करने कोशिश करते हैं साथ ही साथ हमारा जो लाइब्रेरियन का टेलीग्राम चैनल है लाइब्रेरी साइंस का वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आपको अगर इनकेस वीडियो नहीं आता है और काफ़ी सारी ऐसे वैकेंसी है जो वीडियो में कवर नहीं हो पाती है डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको शेयर कर दिया जाता है तो उनको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा और जहाँ तक मुझे पता है कि ऑल ओवर इंडिया में नंबर वन टेलीग्राम चैनल है लाइब्रेरी साइंस फील्ड की जितनी भी वैकेंसी रहती है सारी आपको वहाँ पर देखने को मिलती है ग्रुप भी बना हुआ है कुछ वैकेंसी अगर हमसे छूट जाती है तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो शेयर करते रहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा और कैंडिडेट से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं जो भी इस फील्ड से हैं लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेशली अगर आप डी टू प्लस बी लाइब्रेरी कैंडिडेट है तो डी टू प्लस बी का भी हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़ सकते हैं तो ये आपकी वैकेंसी आई है इसके अलावा आप जो अक्टूबर में ज पब्लिश हुई थी नोटिफिकेशन उनको भी आप ज़रूर देखना अभी उनके काफी सारे ऐसे वैकेंसी है जिनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और नीचे लिंक मिल जाएगा तो वहां से भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी आई है और ये आप एक बार जो है इसका ये जो वैकेंसी है आपके कॉन्ट्रेक्चुअली है प्योरली यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है इंगेजमेंट यहाँ पर जो रहेगी वो कॉन्ट्रेक्चुअल और कुछ टाइम के लिए रहेगी और यहाँ पर हम देखें ये हेडकवाटर आपका दुलियाजान तक में है और यहाँ पर स्कूल की वेकेंसी है ये आपकी तो यहाँ पर और भी जैसे कि पोस्ट है तो यहाँ पर हम सीधा कवर कर रहे हैं लाइब्रेर की जो पोस्ट है तो ये आपकी एक पोस्ट है क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वह आपकी है बैचलर डिग्री बैचलर डिग्री भी आपके जो यहाँ पर है वो आपकी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट हो मिनिमम 50 परसेंट होने चाहिए मिनिमम आपकी एज है 18 इयर्स है साथ में एज लिमिट भी मेंशन या मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर जो है जनरल के लिए फोर्टी ईर्यस है रेमोरेशन की अगर हम बात करें या फिर uh, जो यहाँ पर सेपेंड आपको मिलेगा वो आपका सिक्सटीन थाउजेंड है इसके अलावा वेरिएबल भी रहेगा यहाँ पर और नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेज जो रहेगी टोटल पोस्ट भी यहाँ पर मेंशन की हुई है साथ में पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की हम बात करें तो सिक्स मंथ्स के लिए एक्सटेंडेबल वाई थ्री टेनर्स लगभग आपके छः महीने के और uh, यहाँ पर हम नीचे देखें कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा तो आपको किस तरह से नीचे ही इसी नोटिफिकेशन में फॉर्म दिया गया है उसी दिन आपको लेकर जाना है ये उनतीस नवम्बर को सात से नौ के बीच में आपका ये रजिस्ट्रेशन होगा और उसी दिन आपका ये इंटरव्यू होगा और ये आपके जो है आसाम की यहाँ पर वैकेंसी है आ, इसके अलावा केटीजीएस स्कूल की तरफ से भी आपकी वैकेंसी आई हुई है अगर आपने नहीं चेक किया है तो कर लीजिएगा आप पिछले वीडियो और इस नोटिफिकेशन में हम नीचे से करें तो आपको ये आपका फॉर्म मिल जाता है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आई होप आपको नई अपडेट मिली होगी साथ ही साथ अभी इस तरह के वैकेंसीज अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा चैनल के साथ पे और पिछली वैकेंसीज के वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा हो सकता है आपके नियर बाई हो और आपने अभी तक नहीं देखी हो तो वो छूट ना जाए उनको आप ज़रूर देखिएगा थंबनेल पर ही आपको लास्ट डेट और डिपार्टमेंट का नाम देखने को मिल जाता है थैंक यू